तेरे छोड़ने से जो टूट जाए ये दिल कोई बोतल है क्या और इसको उसको सबको दिल में रख लेती है दिल तेरा होटल है क्या बाय वे रूम कितने का है